यार आई लव यू यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी कुछ भी बहन बोल के दिखा खत्म